नमस्कार स्वागत अभिनंदन वृश्चिक राशि के जातकों अप्रैल का ये माह कैसा बीतेगा इस माह जो कुछ आपने गोल सेट किए हैं क्या वो पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ दर्शकों अप्रैल माह को आप किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं अप्रैल माह में ऐसे कौन कौन से दिव्य प्रयोग हैं जिनको आप करके यथेष्ट फलों की प्राप्ति कर सकते हैं अंत तक बने रहिएगा दर्शकों यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए तो दर्शकों ओवरऑल कैसी स्थिति रहेगी चलिए इस पर एक प्रकाश डाल लेते हैं उसके बाद टॉपिक वाइज चलेंगे जैसे कि आपका करियर कैसा रहेगा फाइनेंस की स्थिति क्या रहेगी आपका एजुकेशन कैसा रहेगा लव रिलेशन कैसे रहेंगे मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आपका हेल्थ uh, कैसा रहेगा वेल्थ सभी कुछ कवर करेंगे लेकिन ओवरऑल अप्रैल महीना कैसा रहेगा इस पर एक सूक्ष्म प्रकाश डाल लेते हैं देखिए है, वृश्चिक राशि के जात अप्रैल महीने के दौरान आप अपनी यदि नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो इसके क्षेत्र में आप पूरा प्रयास करिए निश्चित रूप से आपकी जॉब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है साथ ही साथ यदि आपकी शिक्षा की बात की जाए तो आपकी शिक्षा में कुछ बाधाएं हाँ यहाँ पर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं पारिवारिक जीवन पर यदि नज़र डालें तो आपके कुटुम्ब में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं परिवार के लोगों का एक दूसरों एक दूसरे से कुछ अलगाव की स्थिति भी देखने को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है महीने की शुरुआत के यदि हम बात करें तो आपके लव लाइफ के लिए अधिक अधिक अनुकूल रहने का संकेत नहीं दे रही है यदि अप्रैल माह के दौरान वृश्चिक राशि के जात को दांपत्य जीवन की बात की जाए तो ये महीना अब तक के बेहतरीन समय में से एक समय रहने वाला है जी हाँ अब सोच लीजिए अब तक का बेहतरीन समय आर्थिक स्थिति पर यदि नज़र डालें तो धन संबंधी मामलों में आपको कुछ परेशानी होगी लेकिन उसको आप लोग शॉर्ट आउट कर ले जाएंगे कोई बहुत बड़ा वो जो है ए, मेजर इश्यूज नहीं है हाँ कुछ आर्थिक हानि यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है व्यापार में यदि आपके स्वास्थ्य पर नज़र डाली जाए तो अप्रैल के दौरान आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक वाइज की कैरियर व्यवसाय कैसा रहेगा लेकिन दर्शकों वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं आप लोगों को बता देखिए ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशीय ग्रामीण ग्रहे युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचर है जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो आप लोगों को नाम राशि की चिंता नहीं करनी आप लोगों को जन्म राशि की चिंता करनी और जन्म राशि से आपको देखना रहेगा साथ ही साथ करोड़ों लोगों की वृश्चिक राशि संसार में है आप जिस दिन पैदा हुए होंगे जिस माह में जिस सन में पैदा हुए होंगे उसके अनुसार जिस समय पर पैदा हुए होंगे उसके अनुसार एक अलग कुंडली बनती है और उसी का विश्लेषण किया जाता है तो आप लोगों को यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की ओर कि वृश्चिक राशि के जातकों करियर एवं व्यवसाय कैसा रहेगा तो देखिए अप्रैल माह के पहले सप्ताह में वृश्चिक राशि के जो जातक रहेंगे ये अपने करियर एवं व्यवसाय को और अधिक समृद्ध करने में लगे हुए रहेंगे इस दिशा में आप लोगों को व्यापक सफलता हासिल होगी जी हाँ आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किया है और अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में वो फाइल फंसी थी तो इस माह सारे ड्यूज़ वगैरह आपके जो है क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है कोई नया रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है आपके मनपसंद जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है आपको जो है कोई क्या कहते हैं प्रमोशंस इत्यादि मिल सकता है साथ ही साथ आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज इत्यादि भी यहां पर जो है आ, मिल सकता है सरकार की तरफ से परिणाम आपकी प्रसन्नता और अधिक बढ़ी हुई रहेगी कैरियर के लिहाज से वृश्चिक राशि के जात को सप्ताह का इस माह का जो है प्रथम सप्ताह आपको बहुत ही अच्छी सफलता देने वाला रहेगा हालाँकि माह के दूसरे सप्ताह में आपकी परेशानी कुछ बढ़ सकती है राज्य पक्ष से भय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सरकारी पक्ष से कुछ भय हो सकता है लेकिन माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में आप लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे जो दूसरा सप्ताह रहेगा उसमें थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा वहीं आपके प्रेम संबंध एवं वैवाहिक स्थिति की बात करें तो इस माह के पहले सप्ताह में वृश्चिक राशि के जातक अपने निजी संबंधों की मधुरता को और उच्च करने में सक्षम रहेंगे आपके द्वारा किए गए प्रयासों का बेहतर लाभ आपको बना हुआ मिलेगा आपके साथी के साथ आपके संबंध अच्छे बीतेंगे आप लोग एक दूसरे को अच्छा समय देंगे अच्छा टाइम एक्सपेंड करेंगे एक दूसरे को समझने के लिए हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में कुछ बातों को लेकर के आप दोनों लोगों के बीच मतभेद हो सकता है और मतभेदों के गहराने की स्थिति हो सकती है जिन्हें आप इस माह के अंतिम जो है सप्ताह के अंतिम जो है Uh, क्या कहते हैं छब्बीस से लेकर के और तीस के बीच में हल करने में सक्षम रहेंगे इस माह आप लोगों के ऊपर कोई एलिगेशन परिवार की तरफ से लग सकता है तो बहुत चोट आप लोगों को पहुंचेगी बहुत धक्का पहुंचेगा तो खैर इन स्थितियों को आप लोग खुद कवर करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फाइनेंशियल चीज़ों पर चलते वित्तीय स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी तो देखिए अप्रैल का ये जो माह रहेगा सप्ताह का जो है प्रथम सप्ताह वृश्चिक राशि के जातक अपने अर्थ लाभ को और अच्छा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस दौरान आपके सफलता की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बनी हुई रहेंगी आप लोग जो काम करेंगे उसमें आप लोग सक्सेस होंगे लेकिन माह के दूसरे सप्ताह में व्यय का स्टार एक्सपेंस आपके बहुत ज्यादा आ जाएंगे कोई लोन होगा कोई कर्ज होगा कहीं मकान वगैरह ले सकते वाहन ले सकते उसमें आपके पैसे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिससे आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे लेकिन सप्ताह जो है माह का अंतिम सप्ताह धन अर्जित करने की कोशिशें जो आपकी रहेंगी इसमें सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपने यदि कोई फाइल इत्यादि लोन के लिए डाल रखी है तो आपके लोन इत्यादि भी अप्रूव होते हुए दिख रहे हैं बढ़ते हमारा जो अगला टॉपिक आता है ये आता है एजुकेशन कैसी रहेगी आपके ज्ञान का स्तर शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा तो वृश्चिक राशि के जातकों माह के पहले सप्ताह में वृश्चिक राशि के जो जातक रहेंगे अध्ययन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी स्थिति बनाने में लगे हुए रहेंगे जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं उनको नए आयाम हासिल होंगे कृषि वैज्ञानिक आप लोग बन सकते हैं इस दौरान पढ़ने लिखने की रुचि आपके अंदर जागृत होगी वहीं आपको विषयों में आपके अपने विषयों में आपको महारत हासिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तमाम अच्छे अवसर मिलेंगे आपको कोई बड़ी शैक्षिक कामयाबी के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं आपके ज्ञान का स्तर काफी अच्छा रहेगा माह के दूसरे सप्ताह में थोड़ी सी संघर्षपूर्ण स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है लेकिन तीसरे और अंतिम सप्ताह आपके लिए काफी शिक्षा के क्षेत्र में सरल रहने वाले हैं इन चीज़ों का आनंद उठाइएगा अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं आता है आपका स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ कैसा रहेगा है। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है तो कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य तो सेहत को वृश्चिक राशि के जातक इसमें आप पुष्ट और तंदुरुस्त बनाने में काफी व्यस्त रहेंगे जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में लगातार प्रगति रहेगी लेकिन यहाँ पर आपका वजन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जुपीटर नीच के हो गए हैं जैसे जैसे आप रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे का, का वृश्चिक राशि जो चीजें हम बता रहे हैं इन चीजों को यदि आप समय रहते इन परेशानियों को टैकल कर ले रहे हैं इनको यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएंगे बढ़ते हैं अंतिम पड़ाव की ओर और ये रहेगा उपयोगी उपाय आप लोग क्या करें देखिए वृश्चिक राशि के जातक यदि हम जो उपाय बताने जा रहे हैं आस्था पूर्वक आस्थापूर्वक पूर्वक यदि इसको आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दर्शकों कि आपको बड़े अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे उपाय नंबर एक आपको करना क्या रहेगा हर शुक्रवार को आपको शिवलिंग पर दूध में काला तिल डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंत्र से जो है ओम नम शिवाय मंत्र से अभिषेक कराइए हर शुक्रवार आपको करना रहेगा साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान करना रहेगा शनिदेव के मंदिर में हनुमान अष्टक का पाठ प्रतिदिन ग्यारह दिन यदि आप पढ़ते हैं तो दर्शकों नोट ले लीजिए आप हमसे जो है नोट करा लीजिए कहीं लिखवा लीजिए कि निश्चित रूप से जो भी परेशानियां आपके जीवन में चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो फिर चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो व्यापार से रिलेटेड हो घर परिवार से रिलेटेड हो शत्रु पथ से संबंधित हो सभी कुछ चीजें पटरी पर आ जाएंगी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा मंगलवार वाले दिन आप लोगों को प्रयास करना रहेगा कि बंदरों को केला डालना स्टार्ट कर दीजिए हनुमान जी की उपासना और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सूर्य देव को नमस्कार करके उनको अर्घ देना आपके लिए काफी कुछ उन्नति के द्वार खोल देगा आप सोचिए काफी जो चीजें हमने बताई इसको यदि आप एक महीना कर लें और आपके जीवन में बदलाव आ जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है तो दर्शकों इन सब उपायों को करके आप लोग यथेष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके करा सकते हैं आपके शहरों में आते हैं दर्शकों वहां पर आप लोग आ सकते हैं हमसे पर्सनली मिल सकते हैं फेसबुक पर यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जो शेयर का ऑप्शन है इसको आप लोग शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक की इस वीडियो की रीच को आप पहुंचा सकते हैं इसको वायरल कर सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए आपको यदि आपकी वास्तविक राशि नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान इन तीन चीज़ों को आपको ड्रॉप करना रहेगा हमारा यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपको आपकी वास्तविक राशि से दर्शकों हम अवगत कराएं इसके अलावा दर्शकों इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जब आप दबा लेंगे तो एक बेनिफिट यह होगा कि प्रत्येक संडे रात्रि 10 से 11 बजे तक लाइव होते हैं वहाँ पर आप हमसे मिल करके अपनी कुंडली पर आधारित प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उपाय जान सकते हैं तो दर्शकों अपनी वाड़ी को विराम देते हुए आपसे हम विदा लेते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार